जो डाटा हुआ उसको हम हिंदी में में में। कन्वर्ट कन्वर्ट कैसे करते हैं, हैं, हैं, हिंदी, हिंदी बांग्ला, कोई भी भी भाषा कर सकते हैं। वो भी सीट में। सबसे पहले मैं डाटा डाटा पे ले जाते जो उसका करने के लिए लगाएंगे, हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए गूगल ट्रांसलेट गूगल फॉर्मूला गूगल ट्रांसलेट टाइप बटन प्रेस करेंगे जो जो हमारा हमारा डाटा डाटा है है करेंगे, कॉमा कॉमा लगाएंगे। कौन लैंग्वेज लैंग्वेज में उसका फॉर्म डालेंगे। जिसे हमें हिंदी भाषा में लाना है तो हिंदी डालेंगे फिर double drop, फिर bracket close करेंगे। इसके बाद हम enter press करेंगे। ये हमारा हिंदी में convert हो गया। सारा वो convert करने के लिए हम scroll करेंगे। ये हमारा हिंदी में पूरा scroll हो गया। आ जाएगा सारा हिंदी में। Thank you। अगर वीडियो अच्छा लगा तो like और support करें।